हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं तो ग्रैनी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये मैं गेम अभी पहली बार खेल रहा हूँ तो आज हम लोग पहले एक्सप्लोर करेंगे घर को ग्रैनी के घर को फिर मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा एस्केप की किसी भी एस्केप की दो इस्केप्स हैं उसमें से किसी एक के स्केप की तो हमारा डे वन स्टार्ट हो चुका है ये एकदम खस्ता हालत हो रखी है घर की ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहाँ से यहाँ पर सालों से कोई नहीं तो से कम पेंट वेंट करवा देना चाहिए दादी जी को नहीं खस्ता हालत तो वाले घर नहीं रहने गिरा तो देते हैं मैंने काफ़ी सारी वीडियो मैंने पे देखी है थोड़ा बहुत again आ तो, गया चुपचाप बैठो कप फ्रेंड्स अभी तो इसका मैं सर फोड़ होगा सॉरी फ्रेंड्स सॉरी मजा आया अब था? पता नहीं क्या था। पेंटिंग पे। दम देखो भूत वाली पेंटिंग है? नीचे चला गया नीचे क्या है देखिये नहीं मैं बहुत ज्यादा नीचे आ गया ये है वो पेंटिंग शायद ृति कहाँ है जो भी चीज जाता है यार ये ये है क्या आखिर फंसा रहा है ये मुझे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ बस हो गया ऊपर चलते हैं क्या डॉल है 再也完 गड़ी, नहीं आई है कर रहा था है hey, कहाँ धीरे से दिख ही नहीं आया मजा टूटी कमर की अब टूटी है वो सर इतना होगा सर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को तो प्लीज तो लाइक करिएगा और चैनल पर नया I can bill cut